उसी देश में जब आप नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ उस बेटी को बीजेपी से कौन बचाएगा यह मेरा सवाल है क्योंकि हाथरस की घटना जिसमें हमारी दो दलित की महिला नमस्कार आज के में आप बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस लीडर रजनी अशोक राव पाटिल ने संसद भवन में कहा महिलाओं को आरक्षण देने में बीजेपी क्यों कतराती है इनकी शासन के नौ साल हो चुके हैं अभी तक महिला आरक्षण बिल को नहीं ला सके इनकी अस्पष्ट बहुमत की सरकार है कोई विरोध नहीं कर सकता आपके खिलाफ किसी को जाने की ताकत नहीं है और अगर कोई आपको विरोध करता है तो उसे बुलडोज करने की ताकत आपके पास है फिर आप महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लाते आपने वादा किया था सरकार बनते ही महिला आरक्षण बिल लाएंगे आपकी सरकार बन गई और नौ साल बीत गए कब लाएंगे महिला आरक्षण बिल रजनी अशोक राव पाटिल ने कहा राजीव गांधी जी ने पहली बार हमारे देश में 33 परसेंट महिलाओं को ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का काम किए उन्होंने यह संविधान में 77 और 78 अमेंडमेंट करके महिलाओं को आरक्षण दिए उन्होंने जोर देते हुए कहा राजीव जी के ग्राम पंचायत में दिए गए आरक्षण की वजह से आज मैं संसद भवन में खड़े हूं और बोल रही हूं। कांग्रेस ने ही प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी के रूप में देश को दिया है महिलाओं का विकास के मार्ग पर ले जाना यह हमारे संस्कार में है अशोक राव पाटिल ने कहा जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ उस बेटी को बीजेपी से कौन बचाएगा हाथरस की घटना जिसमें दो दलित महिला को जिंदा जला दिया गया उत्तराखंड के अंकिता या उन्नाव की घटना में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई यह बहुत ही दुख की बात है आज के तारीख में एट्टी प्रति महिला प्रति महिलाएं के साथ रेप के मामले हो रहे हैं उज्ज्वला योजना जिसको लेकर बीजेपी ताना मारती है उसमें कैग का रिपोर्ट है कि महिलाएं योजना से मिला सिलेंडर को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल की और फिर उसको दोबारा प्रयोग नहीं की क्योंकि आर्थिक बोझ नहीं उठा सकी और वह फिर से चूल्हे पे लौट गई हैं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद उन्होंने हमें वादा किया था नौ साल हो गए सर नौ साल में उन्होंने हमें वादा ये किया था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे नौ साल में किसने रोका है आपको पूरा बहुमत आपके पास है कोई भी विरोध भी नहीं कर सकता अगर विरोध करेंगे तो उसको बुलडोज करने की ताकत आपके हत्या है तो दे दीजिएगा महिलाओं आरक्षण दे दीजिए हमें हमारा हल उसमें क्यों खतराते हो आप हम आपके